तो तो में देवरी हो जा मैं कर लिया मैं पास में पढ़ती दीदी कॉलेज जा मैं कर लिया है मैं पास मन बबाषा परणैया ना साइया बन सा ये हम हम वाले ना ना नहीं ले में देखो देखो मई तीन चार दे रि मैं एक <laughs> मा oh. yeah. yeah. yeah. yeah.